Hi guys, welcome to my YouTube channel. Hello guys, आज मैं आप लोगों को सीतापुर घुमाने जा रही हूँ सबसे पहले start करती हूँ मैं park से अभी मैं आप लोगों को park दिखाऊंगी सीतापुर का देखे जो कि आ गए हैं अभी इन्होंने entry मारी है यहाँ पे चारों तरफ देख लीजिए हम हम लोग रात में आए हैं तो रात का नज़ारा देख लीजिए कैसा लगता है park में सीतापुर का है मेरे हस्बैंड बहुत खुश नजर आ रहे हैं बगल में सामने दादाजी बैठे थे जो कि देख रहे थे वीडियो बन रहा है ये ब्लॉग मैं बनाकर बहुत ही ज्यादा खुश हूँ <laughs> क्योंकि मुझे वीडियो बनाना बहुत अच्छा लगता है देख लीजिए कैसे कैसे बढ़िया बैडमिंटन खेल रहे हैं बच्चे खेल रहे हैं कूद रहे हैं हम लोग फोटो खींच रहे हैं लोगों को कैसा लगा कमेंट में बताइए अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा फल खरीदने देखिए फल की दुकान पर आ गए हैं ले रहे हैं मेरे फल, सेब ले रहे हैं। अभी आ गए हैं मंदिर पर दर्शन कर लीजिए ये श्याम नाथ मंदिर है शिव जी का मंदिर है मेरे हस्बैंड बाइक से उतरे हैं, अब एंट्री मारी है लेकिन मैंने मेन वाला एंट्री का वीडियो नहीं बना पाई अब बना रही हूँ अभी दर्शन करेंगे हम लोग तब तक के लिए मैं रख दिया था फोन अब फिर से रेली हूं। देख लीजिए यहाँ पे बहुत सारे मंकीज हैं हनुमान जी हैं बिल्कुल फिर <laughs> हम लोग जा रहे हैं अपने घर को तो आप लोगों को कैसा लगा ये ब्लॉग अगर आप सभी को मेरा ये छोटू सा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन दूसरे व्लॉग में तब तक के लिए टाटा बाय बाय